ऐसा खतरनाक और डरा देने वाला अनुभव मुझे जीवन में कभी नहीं हुआ था खैर जैसे तैसे कदम बढ़ाते हुए मैं कॉलेज की ओर बढ़ने लगा पता नहीं था कि भूत ऐसा अनुभव देते हैं पर रुको वो कोई भूत तो यकीनन नहीं था वो एक जनानी आवाज थी पता नहीं क्यों मैं उस आवाज को दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था मन ये मानने को तैयार नहीं था कि वहां कोई भूत या प्रीति थी कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं पर इस रास्ते पर तो मेरे सिवा कोई जाता भी नहीं इस पर तो मैं ही कितने लोगों के मना करने के बाद भी आता जाता था कुछ तो रहस्य मैं था में था इसमें जैसे जैसे मैं वहां से दूर हो रहा था वैसे वैसे चमत्कारिक रूप से मौसम साफ होता जा रहा था और कॉलेज पहुंचकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गया कहीं से कहीं तक किसी बरसात या आंधी का नामो तक नहीं था उब क्या है कैसा रहस्य है अब मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लग गया था मैं सीधे स्टाफ रूम में पहुंचा गनीमत थी कि अभी कोई आया नहीं था वरना मेरी हालत देखकर पक्का नसीहतों का एक दौर चालू हो जाता खैर मैंने चुपचाप हीटर चालू कर अपनी सीट की पुष्ट पर सर टिकाया और आंख बंद कर यह सब भूलने की कोशिश करने लगा कपड़े तो खैर कीले ही थे लेकिन उन्हें पहने रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ना था आखिर किसकी थी वो जाना आवाज़ क्या वो किसी की शरारत हो सकती थी अगर हाँ तो वो रहस्यमय पक्षी और उसकी चीख और वो अंडा और उसका काला बदबूदार द्रव्य वो सब क्या था जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में कहानी चल रही है वो रास्ता